हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ जागृति एंड वेलकम इन माय चैनल जे यूनिवर्सल एस की ऑफ सक्सेस सो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए तो आगे चैनल आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो टेंथ कर रहे हैं या कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी मैं मेरा नाम जागृति है एंड मैं एचआर फील्ड से बिलोंग मेरा जो स्ट्रीम है वो एच है और मैं मुझे टोटल टेन ईयर का एक्सपीरियंस है तो ड्यू टू, टू लॉकडाउन के पीरियड में लॉकडाउन टाइम में जो मैंने जॉब मेरी मैंने मतलब सब की चल गई थी तो मेरी भी चली गई थी जॉब तो उस बेस पे मैं घर पर थी तो मैंने बोर हो रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ नथिंग इज़ बेटर दैन समथिंग सो मैंने एक बी कंपनी ज्वाइन करी थी जिसमें मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं सो दिया था कि हाँ मैं मुझे एच में भी एक्सपीरियंस है या मैं एच में वर्क करती हूँ ऐसा मैंने कुछ नहीं सोखा मैंने वहाँ एज अ फ्रेशर वहाँ पर ज्वाइन किया था ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन तो मेरा गर, वर्क घर वर्क फ्राम होम चला लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया गई मैं वहाँ पे कई एम्प्लॉज से मिली सबसे मिली तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जस्टिफाई की जिससे मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है जो मुझे शेयर करना चाहिए उन लोगों को शेयर करना चाहिए जो इस चीज़ से वो फेस कर रहे हैं और मोस्टली इन चीज़ों को आ, फील कर रहे हैं मैंने उनके पेन को फ़ील किया तो मुझे लगा उनको उन आज वो हो चुका हो चुका उसके आगे हमें ऐसा करना चाहिए कि जो कर रहे हैं टेंथ कर रहे हैं ट्वेल्थ कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो स्ट्रीम में अपने क्वालिफिकेशन ले रहे हैं जैसे एमबीए कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं बीबीए कर रहे हैं को एर, कर कोई एयर एयरलाइन से एयर हॉस्टेस से करके आया है कोई मास कम्युनिकेशन का करके आया कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करके आया तो उस बेस पर उनको उस फील्ड में जॉब नहीं मिली तो जैसे कि मैं कई लोगों से मिली वहाँ पे तो वहाँ पे मैंने देखा कि तो वहाँ पे भी टेक के भी स्टूडेंट थे एमबीए के भी स्टूडेंट थे और एयर एयरलाइन का भी मतलब एयर एयर होस्टेस का कोर्स करके आए थे कुछ फ्रैंकिन से करके आए थे मतलब अदर अदर जगह से आए थे लेकिन वो उस जॉब से सेटिसफाइड नहीं थे बिकॉज ऑफ उनका जो प्रॉब्लम था वो सेम प्रॉब्लम सबके साथ था मुझे अपने फील्ड में जॉब नहीं मिली इसलिए मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी तो ये एक नॉर्मल सी बात है अगर आप अपने फील्ड में परफेक्ट आप, आप आप इतना पैसा खर्चा करते हैं इतना टाइम बर्बाद करते हैं अपने मेहनत लगाते हैं और उसके बाद आपको जब अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है तो नॉर्मल सी बात है दुख तो होता ही होता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले मैं आपके पास आई हूँ सोल्यूशन मैं ज़रूर दूंगी वो लेकिन इस वीडियो में नहीं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ जो आज की जनरेशन जो ग्रेजुएशन करने के बाद एंड ट्वेल्थ एमबीए करने के बाद या अलग अलग स्ट्रीम से कोर्स करने के बाद जाके बी पी कर लेते हैं बी पी करना इज़ नॉट नॉट बैड बट हाँ एक होता है कि हाँ ज्वाइन करने के बाद एक फील आता है कि मैंने क्या कर लिया मेरी अपने स्ट्रीम नहीं मिली मुझे तो इस तरीके से जो फील आता है उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल सी बात है सपोज़ आप एमबीए करके बैठे हो और एमबीए आपने इतना पैसा लगाया हो सब कुछ करने को और उसके बाद क्या होता है कि आपको एक बीपीओ में ज्वाइन करना पड़ता है बीपीओ में ठीक है उनके मुझसे यही निकलता है यार मैं इतना करके आया और क्योंकि किसी को नहीं पता था मैं वहाँ एच मैंने एम करके मैं एच फील्ड में वर्क कर रही थी बट ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड की वजह से मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मुझे ये लगा कि हाँ कुछ इस चीज़ के लिए मुझे सलूशन uh, देना चाहिए ताकि जो आगे वाले आने वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े मैंने ये प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा uh, बड़ी हो जाती तो जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं सेकेंड में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी आपको तो अगर आप uh, इसका सोल्यूशन जाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिले तक एंड आपको जैसा कि मेरा चैनल है की ऑफ सक्सेस माई कोटेशन तो इसमें आपको हमेशा करियर से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी जैसा कि आपको पता है मैं एमबीए कर चुकी हूं और एम करने के बाद मैं एच फील्ड में वर्क कर रही हूँ मेरा जो तो टोटल एक्सपीरियंस है वो टेन ईयर का है हाँ डिफरेंट फील्ड में भी ये है और एच फील्ड में मोस्टली मेरा जो मेन है वो एच में है बाकी मैंने अदर फील्ड में भी एज एन एक्सपीरियंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उसमें ज्वाइन किया था मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पर सीखने को क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ मुझे पता चला कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं इम्प्लॉ के साथ और एम्प्लॉय की तरह मैं उनके साथ काम कर सकी तो मुझे पता चला कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं एक एम्प्लॉय होकर वो चीज़ें मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी जो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी बट नाओ नाव दिस वीडियो में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस भी दूँगी कि हाँ आप तो ये कैसे अपने फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं कैसे अपने अपने फील्ड अपने फील्ड में ही करियर बना सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी पर इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम जो है वो हर किसी के बहुत ही रेयर केसेस हैं जिनको अपनी ही फील्ड में जॉब मिल जाती है और वो अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं बट Uh, suppose आपने BPO join ओ ज्वाइन भी कर लिया बी पी ओ में उनका उनके लिए बेकार नहीं है जैसे जैसे किसी ने graduation किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उनको नहीं पता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है मेरी कोई स्ट्रीम नहीं है मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और मुझे अपना बस जॉब करना है तो वो स्टार्टअप के लिए ग्रेजुए बी पी ओ इज़ नॉट BPO बी पी ओ इज़ गुड बिकॉज बी पी ओ के लिए ये होता है कि हाँ आपकी वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल हो जाती ऐसे हम कस्टमर से कस्टमर सर्विस के बारे में जान सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी करूँगी अपने ही चैनल में तो सो so, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो आ, आगे मैं ये बताना चाहूंगी जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने ही फील्ड में जॉब नहीं पा पाना एंड तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे इस आगने वाले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उसमें मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ क्योंकि ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है सच में रियली आई फील देट कि उनको सेम स्ट्रीम में जॉब नहीं मिल पाई है और वो दुखी हैं कि यार मुझे तो कॉलिंग ही करना पड़ और कुछ मेरा स्ट्रीम था मैं एयर हॉस्टेस बनती मेरा स्ट्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग में जाती मैं एम करके आई हूँ मैं एच में जाती ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले और वहाँ पे किस तरीके से इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए था जो उन्होंने मिस्टेक करी वो मिस्टेक आप लोग ना करें इसलिए मैं आगे बताना चाहूँगी एंड आगे आने वाले आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं इंटर्नशिप कैसे आप इंटर्नशिप से अपना करियर कैसे बना सकते हैं सेम फील्ड में आप कैसे जॉब कर सकते हैं रेफरेंस भी प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप जान सकते हैं कि हाँ आ, कैसे अपनी फील्ड में जॉब कर सकते हैं तो अगर आप आगे आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं एंड मैं उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगी बाकी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आपकी डाउट है वो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करना ना भूलें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग अस एंड अपना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद अपना सपोर्ट जरूर देते रहें ताकि मैं आगे से आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन प्रोवाइड कर पाऊं आप लोगों को तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एस एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स एंड ऑल्सो स्टार्ट बेलाइकन so you can get द notification आप notification पा सकते हैं I can understand your problem so please like my channel and subscribe my channel thank you thanks for watching this.